फ्रेंड वालेकुम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ये देखिए मैं बना रही हूँ आज दाल भाजी तो सोचा कि आपके साथ रेसिपी शेयर की जाए ये देखिए ये है पालक जो मैंने अच्छी तरह से धो ली है और काट लिए ये 250 ग्राम मैंने पालक ली थी और ये है लहसुन 8 से 10 कली मैंने लहसुन की ली है यह अदरक जो मैंने थोड़ा सा ही लिया है और यह हरी मिर्च आठ से दस हरी मिर्च है और एक कटोरी है मूँग की दाल छुक्कर लगी तो आइए मैं आपके साथ दाल पालक की रेसिपी शेयर करती हूं और इसमें लहसुन का बघार हम ऊपर से लगाएंगे ताकि पालक और दाल में अच्छा टेस्ट आए तो आइए देखते हैं दाल पालक बनाने की रेसिपी ये देखिए मैंने यहाँ पे पानी पहले ही गर्म करने रख दिया था जो कि गर्म हो चुका है हम इसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हल्दी एड करेंगे हम थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे इसमें थोड़ी सी हल्दी जब हमारा पानी थोड़ा बॉईल हो जाएगा तो हम अब इसमें अपनी दाल डाल देंगे और थोड़ी देर दाल डालने के थोड़ी देर बाद पालक डाल देंगे और मिर्ची और थोड़ा सा लहसुन हम इसमें डाल देंगे अपने जो पानी बॉईल करने के लिए रखा है बाकी का लहसुन का ऊपर से दाल भाजी में तड़का देंगे इससे इसका टेस्ट बहुत ही बढ़ जाता है ये देखिए हमारा पानी जो है हल्का हल्का बॉयल हो चुका है अब हम इसमें अपनी दाल ऐड कर देंगे मैंने यहाँ पर मूंग की दाल ली है छुक्ल लगी आप चाहें तो धुली मूंग की भी दाल ले सकते हैं या फिर मसूर की भी दाल ले सकते हैं जिसमें आपको टेस्ट अच्छा लगे आप उसके साथ बना सकते हैं और यहाँ पर मैंने मिर्ची को ज़्यादा ली है क्योंकि भाजी मुझे चटपुटी थोड़ी अच्छी लगती है आप चाहें तो मिर्ची कम या ज़्यादा कर सकते हैं अब साथ ही साथ हम अपनी मिर्ची भी इसमें ऐड कर देंगे लहसुन और अदरक भी इसमें ऐड कर देंगे हम थोड़ा ही डालेंगे हमें अच्छे से तरह से बॉईल होने देंगे जब तक कि हमारी दाल गल ना जाए दाल थोड़ी गल जाएगी फिर हम उसमें अपनी भाजी ऐड कर देंगे देखिए फ्रेंड हमारी दाल जो है पक चुकी है अब हम इसमें अपनी भाजी ऐड कर देंगे अब इस हम थोड़ी देर पकाएंगे और हमारी दाल भाजी बनके तैयार है फिर ऊपर से हम इसमें लहसुन का तड़का लगाएंगे ये देखिए फ्रेंड हमारी दाल भाजी जो है वो बन तैयार है अब हम इसमें तड़का लगाएंगे वो भी मजेदार है देखिए हमारी लहसुन जो है हमने चम्मच में ऑयल गर्म कर लिया है और लहसुन इसमें डाल दिया है इससे दाल भाजी है जो इतनी खिल जाती है और टेस्ट अजब अजब आता है आप एक बार जरूर ट्राई करके देखें और कमेंट में बताएं कि आपको दाल भाजी कैसी लगी प्लीज़ फ्रेंड माय चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और बेलाइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें और एक बार ये दाल भाजी अपने घर पर ट्राई जरूर करें और कमेंट में बताएँ कि आपको कैसी लगे